डाउट भाई ऑटोग्राफ यहाँ लेगा कि लेगा, बता आवाज no no no no no no क्यों क्यों नहीं नहीं आ आ आ रही रही? रही इसकी, नमन है क्या बोल रहा है? है नमन म्यूट तू? हेलो माइक माइक चेक चेक आ खून निकला ओ भाई भाई देखो अबे अबे बहुत लोग वेलकम हो, बैक हो, हो, हो, हो, हो। हो, हो, हो। होने वाला है यस yes! इधर ही आ रहे यार आएंगे, आएंगे। कुछ नहीं कर सकते ये स्टेल के उठाओ और नीचे कुछ जाओ मार देखा सबको नीचे ये खराब बात है। अंदर से लेवल वेस्ट ले लो। सा, चा, चारों साथ में रो। मैं दे दे दे दे दे दे। एक और आया सामने स्ट्रीट अबे चार चौबीस गोली बस आ गई अंदर की साइड साइड होगा कंटेनर कंटेनर के अंदर इधर था आगे में बैठा है है है नाइस हो चुकी अबे कोर ब्रो बहुत बंदे मार रहे थे ना मार कसम क्या लोग कुछ नहीं है नंगा घूम रहा हेड दिया क्या <coughs> हुआ? जल्दी। लेवल वेस्ट है चाहिए आ तो ले लो। तो बंदे है। लेफ्ट पे एक तेरे सामने एक लेफ्ट पे रुक। अरे गाइस खाओ जल्दी आओ वन चलो अरे मार no. दो एक और है फाइव का एमआई तो इधर इधर आ आ बहुत कम है लेकिन देख दे दे। मेरे पास दे। है पीछे से टपा टप तप कोई दे रहा है यार बोट है तुम लोग मार का रहे हो तो बताओ Bot, नहीं, तो नहीं है पूरी स्क्वाड थी यहाँ पे है पे चाहिए बॉट था वो उसको मार दिया रुको <coughs> रुको रुक रुक अभी आराम से आ जाओ बॉट्स डेड बड़ा स्क्वाड हाउस के ऊपर डैमेज दिया उसको स्क्वाड हाउस के ऊपर केयरफुल लेफ्ट बंदा है enemies ahead ab kiya maine mark there. kiya yeah, nice one nice. crossing cross kar gar wo mera uske squad uske andar ghusa wo dekh uthega wo main aao ah, pani nee, uthega knock bhai i'm ashwin war ek aur ek bomb sath pull kiya मैं या चूट उस चूट यार नीड हाँ बे मतलब अबे ये क्या है है है है बे मेरा गलत पता नहीं नहीं भाई और भाई। ने पे है और मैं पे कोई अबे यार क्या छूट गया बाहर ही नीड पे एक एक बंदा है मतलब और ने कहा पे सामान से की तो है मुझे वैसे अपना घूम के आ रहा हूँ चिल्ला क्यू रहा है भाई मेरे सामने से गए तू क्या बात कर रहा ठीक है अब देखना होगा मैं तो छुप के आ गया घंटा नहीं आया इधर कोई बोल रे बाकी आ रहे, रहे हैं रुक हां अबे यार मीटअप है बे मत नहीं नहीं गाइस गेम में meet... गाइस मीटअप मत करो प्लीज अर्ली गेम में क्या ही मीटअप है अबे डायरेक्शन कीधर है की भाई है किधर है थक चार्जर बस फिनिश मत करना अबे चलाओ मिलिट्री आप ये क्या कर मारते हैं ले चल, चल, चल। जाए जाओ, जाओ, जाओ तो एक बंदा गाड़ी के पीछे अरे पीछे कौन आ गया मुझी है है है मेरे कोई है, मेरे पीछे पीछे कोई तो खोलो हम अपना साउट आउट लेने आए हैं झूठ रहा राजूठ नारायण राजा हम नहीं मानेगा ये राजा <laughs> गाड़ी आ रही है ब्रिज से गाड़ी आ रही है ये लड़के ये लड़के थोड़े पिश्ती है मारो बल्ले आया क्या अबे ये कौन मारा उधर से मॉसप बैठो बैठो हेलो अबे नहीं बोट नहीं था वो असली बोट बैठ फफला बिठाना अरे अबे वो बैठ गया आजा आजा आजा सॉरी ब्रो अबे तो ये।, तो तो तो तो तो तो ये तो भी मिलने मिलने अबे क्या ही ये ये लोग थोड़ी ना तो। पता ही नहीं था मुझे चल। पीछे घूम के गोली मारी भाई। मैंने shout shout out out दे दे यार big shout out to you big shout out. <coughs> तुमने गाड़ी के अंदर मारा है है तो तो तो तो अबे अबे वो वो तो सुना ही नहीं नहीं नहीं नहीं ना ना ना माफिया बोल था तो था ये भी पता रोक दिया लोग तो ऐसे किए थे जैसे हम रहे पहले नहीं, उनका क्या दरवाजा खोलो ऑटोग्राफ लेने आया हूँ ऐसा ऑटोग्राफ दूंगा तो भाई ये रे। ये रे ये मेरे घरों में लो है लो है लो है लो है रहा लो है भाई मेरा किल अबे मुझे लगा अपना बंदा है उसको मार कर रहा था ऊपर कार 19 बड़ी है भाई अटैक्स दे दो कोई यार ले, ले, ले, ले ले अबे वहां इतने अटैक्स पड़े थे बोला तो था मेरे को नहीं पता था मेरे को लगा तुम लोग में ही शेयरिंग हो रहा है भाई तीनों लोंडे shack में बैठेगा हां हां एक बार मैं पूछ के आया क्या है जलवा अंदर नहीं भाई असली स्टैंड तो यहां पे होते हैं आगे वाले गाड़ी ले तो तो तो तो एक वो राइट से गाड़ी ले तू मेरे सामने से क्या हुआ बंदे भाई वसीम भाई क्या चल रहा है लड़का आया था <laughs> गलती जा रहे हैं अपना उड़ाते <laughs> रुक <देवर> बैठा बैठाई <laughs> तो भाई में डर गया भाई इस ये आ आ जाओ। दिख गया। आउट। आउट? एक गया। एक और गया ने एक नॉक कर दिया स्क्वाड अंदर है है है उसपे नेड नेडिंग अबे क्या बालकनी में हुआ। बालकनी में हुआ। हुआ। बालकनी में हुआ। बालकनी में लेटा लेटा हुआ हुआ ओ गाड़ी रुक गई और गया थक लुक, लुक, लुक। अबे गिर गया बे यार क्या बे लाइफ हो रहा है अबे बे वो बंदे हैं मेरे वाईफाई टी लो पे मीटअप है ही नहीं बे ओए रेपल तेरे पास बदले हैं पता नहीं साउंड तो आ ही है काम पे अंदर आए कोर एक और है रुक रुक रुक एक और है। हतम मार दिया नहीं नहीं इधर से एक मिनी मिनी हतम... भी भी भी चल रहा था। आ, मैं चला रहा था। था अच्छा। <laughs> तो मैं मैं चला अच्छा भाई। भाई अच्छा। अच्छा वो वो वो मीटअप, मीटअप। मीटअप तो के के कपड़े पहन आके कर रहे हैं। अरे कैसे हो? थैंक्स तुम? बस चलो बेनिफिट करें हां हां बेनिफिट चलो चला जा एक एक्स्ट्रा की तीनों ये मॉडल है हेलो हेलो हेलो हेलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई जोकर जोकर भाई जोकर नाम है कौन अरे बता जोकर भाई क्यों नहीं रुको गेट लो मॉडल गेट लो गेट लो ये क्या मॉडल कौन भाई भाई मेरे पास मॉडल रुको रुको रुक जा भाई मॉडल आ जाओ बेनिफिट आ जाओ एक दिन पैन तो मैं लास्ट से लास्ट पे होता है ये लो पैन लो भाई बैठो आ जाओ इधर लो इधर इधर तेरा पेन आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ किसका जाओ ये ग्रीन कपड़ा ग्रीन कपड़ा हां लो चलो हेलो थक भाई भाई स्टार्ट करो जल्दी जल्दी स्टार्ट ओ भाई की टाट टूटी गुड टू सी यू अगेन व्हाट्स अप मेटल कोर हाउ इज इट गोइंग स्टार्ट आ जाओ पेन फाइट अगेन चल गया पेन दो मत मारो भाई इसे पेन लो पेन मोटल भाई पेन मत मार पेन मत मार पेन मत मार फिस्ट फाइट फिस्ट फाइट अरे नहीं पेन है इसको पेन है इसके पे पेन मार रहा है फिस्ट फाइट फिस्ट फाइट रिवाइव नहीं है भाई रिवाइव आउट नहीं है इसके फाइट फाइट है, है, है। चलो ठीक हाँ, मेरे मेरे मिस्टर पांडा। थैंक्स थैंक्स के सिद्धार्थ पात्रा थैंक यू सो मच फॉर द हंड्रेड